अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं या किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप इतनी प्रैक्टिस कर लो इतने प्रैक्टिस कर लो करते जाओ करते जाओ करते जाओ और पीछे मुड़ के कभी मत देखो कोई भी बोले कि भाई आज मुझे ये चीज का काम है कोई जरूरी नहीं है जाना झूठ बोल दो अगर उस झूठ से आपका कोई काम बन रहा है आपको फोकस हो रहा तो झूठ बोल दो कि भाई आज मैं नहीं जा सकता ये नहीं हो सकता वो कुछ भी बोल के टाल दो परेशानियां कितनी कितनी कितनी कितनी कितनी भी भी भी भी आए कितनी भी आए कितनी भी आए आए चुनौतियां भी उस चुनौती को पार करने के बाद ही सक्सेस मिलती है अगर आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप पीछे मुड़के कभी मत देखिएगा क्योंकि उस सक्सेस के पीछे देखने के बाद आपको वही दलदल वही कीचड़ वही सब नजर आएंगे बिल्कुल नहीं देखना आपका रास्ता फोकस एकदम सीधा अपने गोल पर एक गोल बनाइए कि मुझे आज ये कर यहां तक पहुंचना है एक डायरी बनाइए उस डायरी में लिखना है कि आज मैंने दिन भर में क्या काम किया क्या नहीं किया पूरी तरह से लीजिए इतना ग्रो कर ली एक दिन आपके सक्सेस के पीछे दुनिया भागेगी आपके कदम छुमेगी अगर आप सक्सेस हो जाइएगा तो अगर आप सक्सेस हो जाइएगा तो आप पीछे काफिला चलेगा अगर नहीं हुए अगर नहीं हुए हैं तो देखिए आपकी निंदा करेगी बहुत सारा ये किए हैं वो किए हैं फलना पढ़ाई किया या आपके बेटे को ये हुआ ये हुआ कुछ नहीं हुआ ये डीमोटिवेट करेंगे समाज आपको पूरी तरह से डिमोटिवेट मोटिवेट कोई करने वाला नहीं है अगर आप किसी चीज में अगर दो नंबर तीन नंबर से अगर किसी तरह क्रॉस हो गए या ये हो गए तो आपका वो चीज नहीं देखेगी सिर्फ आपको देखेगी कि या ये लड़का फेल कर गया क्यों फेल किया ये नहीं वो नहीं अगर आप सक्सेस हैं तो आप आपके लिए तालियां बजेगी गुंजाहट होगी बहुत सारा लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपकी निंदा इतनी होगी इतनी होगी तो कुछ अगर आप फिर उस फेल से सीखिए ना कि डिमोटिटिवेज हो जाइए अपने आप सीखते जाइए सीखते जाइए प्रैक्टिस कीजिए सीखते जाइए कहाँ गलती की मैंने कहाँ गलती की और उससे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं अपने फैमिली को टाइम दीजिए अपने बच्चों को टाइम दीजिए फालतू का यहाँ वहाँ जाना सब जगह बंद कर दीजिए भाई आज पार्टी में चलना कोई जरूरी नहीं है पार्टी में जाना पार्टी में बहुत गए आप बहुत चले गए आज से अपना चेंज रूटीन ही चेंज कर लीजिए एक डायरी निकालिए डायरी में लिखिए उस डाय में लिखिए कि आज हम सुबह ये काम किए ये काम किए ये पढ़े ये पढ़े उसके बाद आप शाम में रिविजन कर ले उसका देख ले एक बार पेज पलटा के आज मैंने क्या क्या किया सोने से पहले उसके बाद अपने सुकून से नींद लीजिए फिर अपने सवेरे वही